अच्छा चले आओ ना कभी बहुत हो गया यार ये इंतजार में रहना तुम्हें पता है शहर में ठंड बढ़ गई है लोग घरों से तो छोड़ो रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे मैं अब भी घूम रहा हूं